के मार से बचने के लिए एक बर्तन में मिट्टी लेकर उस पर पानी डालना है उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसमें एक रुमाल को अच्छी तरह से भिगा कर उसे एक गिलास के ऊपर सुखाने के लिए रख दीजिए आप भी अपने मार से पैर करते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए सुखाने के बाद अब गमला